आज हम आपको आधार पी कार्ड के बारे में बताएंगे। आधार पी कार्ड एक प्लास्टिक का कार्ड है जिस पर आपके आधार कार्ड की पूरी डिटेल प्रिंट होती है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यू ने इसे नए व आकर्षक आधार पी कार्ड को लॉन्च किया था तो चलिए हम इसको बताते हैं कि आप इसको किस प्रकार से बुक करके मंगा सकते हैं तो सबसे पहले आपको कोई एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है वहां पर आपको लिखना है आधार आधार लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं आधार की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी यू आई डी ए आई इसको आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आधार की ऑफिशियल वेबसाइट इस इंटरफेस में आपको दिखेगी इस पे आप देख सकते हैं गेट आधार इस गेट आधार पे आप देख सकते हैं लास्ट में है सेकेंड नंबर पर आर्डर आधार, आधार पीवीसी कार्ड इस पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद ये आपको रिडायरेक्ट कर देगी आधार की दूसरी ऑफिशियल वेबसाइट पर वहाँ पे आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद देखना है सेकेंड नंबर पर है ऑर्डर आधार, आधार पी इस पर आपको फिर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये सेलेक्ट 12 डिजिट आधार नंबर या 28 डिजिट इनमेंट नंबर अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार नंबर डाल करके अपना पीवीसी बुक कर सकते हैं वो अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है या आपको याद नहीं है तो आधार बनवाने के समय जो इनमेंट की पर्ची मिलती है वो इनमेंट नंबर आप यहाँ पर डाल कर अपना आधार मंगवा सकते हैं तो चलिए हम आधार नंबर डाल करके इसको फिल करते हैं आधार नंबर दर्ज करने के बाद आप बॉक्स में देख सकते हैं ये कैप्चा इस कैप्चे को आपको यहां पे फिल कर देना है फिल करने के बाद माय मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड यहां पे आपको टिक कर देना है टिक करने के बाद यहां पे पूछ रहा है इंटर मोबाइल नंबर अगर आपका आधार नंबर से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप उसको भी डाल सकते हैं या अगर जिन लोगों का आधार नंबर से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होता है तो वो लोग कोई अनादर नंबर डाल करके यहाँ पे आधार पीवीसी मंगवा सकते हैं तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देते हैं मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद ये आप देख सकते हैं सेंड ओटीपी, ओ इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके डाले हुए मोबाइल नंबर पर एक ओ भेजेगा तो उस ओ को आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है ओ दर्ज करने के बाद आप देख सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद इस तरीके का पॉपअप आएगा उसको आपको क्लोज़ कर देना है क्लोज़ करने के बाद ये सबमिट इस सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का पॉपअप आएगा उस पर ओके लिखा होगा उसको आपको ओके कर देना अब ये आपको पेमेंट के लिए कह रहा है तो आप देख सकते हैं डियर रेसिडेंट योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन रजिस्टर्ड विथ एसआरएन नंबर आपको ये आपका रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड कर लिया गया और आपको एक एसआरएन नंबर भी दे दिया गया है अब आपको यहाँ पे पेमेंट करना है तो आप देख सकते हैं ये क्लिक है इस पर आपको टिक लगा देना है टिक लगाने के बाद ये मैक पेमेंट इस मैक पेमेंट पर पे क्लिक करना है ये आपको पेमेंट गेट वे पर कर देगा उसके बाद आपको जिस माध्यम से भी आपको पेमेंट करना है कार्ड के माध्यम से वैलेट के माध्यम से नेट बैंकिंग यूपीआई या पे तो उसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं और इसका सिर्फ़ पेमेंट पचास रुपये कटता है तो चलिए हम इसका पेमेंट कर देते हैं तो इसके बाद आपको जो जो भी आपका यू पी हो वो यू पी आपसे जिससे भी लिंक हो या जो भी चलाते हो पे टी एम भीम फ़ोनपे पे तो उसी पर आपको क्लिक कर देना है तो अब आपको यहाँ पे अपनी यू पी दर्ज करना है तो चलिए हम दर्ज कर देते हैं इसके बाद आपको अपना यू पी वेरीफ़ाई कराना है तो यहाँ पे देख लीजिए वेरीफाई हो चुकी है अब आपको यहाँ पर इसका पेमेंट कर देना है प्रोसेस है इस प्रोसेस पे क्लिक कर देना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो मोबाइल पर पे मैसेज पेटीएम के माध्यम से भेजा गया था उस ओटी उस पर आपको क्लिक करके पेमेंट करना है तो ये देखिए पेमेंट हो चुका है उसके बाद आपको अपने पे, पे आना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट ट्रांजैक्शन भी हो चुका है एस आर नंबर भी मिल गया है और अमाउंट भी आपके पचास रुपये कट चुके हैं देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल है और आप ये यहाँ पर कैप्चा डाल करके आप इसकी एक पी फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं इसके बाद डाउनलोड इनक स्लिप तो ये देखिए दोस्तों ये आपकी स्लिप भी डाउनलोड हो चुकी है और आप इसको पी फ़ाइल पर खोल करके देख सकते हैं कि रिसिप्ट नंबर आपका रिसीप्ट डेट एसआरएन नंबर और पेमेंट गेटवे वे ट्रांजेक्शन तो यहाँ पे आपका आधार नंबर सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है तो आप अब आपका ये पेमेंट होने के बाद दो से चार दिन के अंदर आपके डाक द्वारा आपके आधार के पते पर ही ये पीवीसी कार्ड डाकिए के द्वारा पहुंचा दिया जाएगा तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा और आप हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें